अरे क्या हुआ कुछ नहीं मौसी का कॉल आया था गलती से कट गया मम्मी ने प्यार से समझा हाँ पता है वीडियो बहुत ही छोटी थी बड़ी वीडियो पे काम चालू जल्दी आएगी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना